अम्मी, बड़े बचाला, बड़े, बड़े देख जाओ कौन कौन है। गुआ गुआ गुआ गुआ गुआ गुआ, याहू। डांस फू। देखा अपने लापरवाही का नतीजा <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> पेट <laughs> Thank you You're my honey bun, you're my B B M, you're my sweetie pie. You're my cup of cake, come drop in the not talk, talk back no no don't do it say it like that fuck you hum to chutiye hai dobara try karenge aur kya bechaur ki kaam hum pe enemy spotted hi <laughs> chill <laughs> oh reloading chalo chalo chalo bye bye tata good bye gaya adu ha ruko zara he रुक तेरे को तोड़ तोड़ अरे अबे किधर है बे? ओ भाई। मारो मुझे मारो। पीछे तू देखो। मारोनी सारे दादुंगा What the fuck was that? आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ आप थोड़ा सा मार दीजिए मार दीजिए दुश्मन hey, what happened? ये क्या हो रहा है मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा मेरा hmm? तो गेम बजाना पड़े Oh my god Kaha gaya mera dushman Thank you Meherbani jinab Not a problem Keep stop let we go से आते ही। इनके पास ना रहने को घर है ना रोजगार है ना पैसा है तू मुझे एंगली कर दिया पादा पादा पादा। खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय गया